नीरव मोदी बीच मालिया ललित मोदी इन तीनों में दो चीजें कॉमन है इन तीनों के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के कैसे और तीनों ही इंडिया से भागकर यूके पहुंच गए हैं पर ये तीन ही नहीं है जो यूके भागे हैं, बल्कि आज तक पाँच हजार ऐसी ज्यादा एंड एंडस्टर्स यूके में पॉलिटिकल एस ले चुके हैं रहने लिए तो यू और इंडिया के बीच में नाइनटीन नाइन्टी टू ऐसी जिससे अंडर अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी क्रिमिनल या फ्रॉडस्टर को वापिस लाना चाहे तो प्रोसीजर को फॉलो करके ऐसा कर सकती है बट नाइन नाइन्टी आज तक सिर्फ एक ही आदमी वापिस आया जिसका नाम है समीर भाई विनू भाई पटेल दरअसल जब ये प्रॉडसर इंडिया से भागते है तो यूके इनका पूरा स्वागत करता है अगर इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए दो मिलियन पाउंड हो अगर ये दो मिलियन पाउंड इन्वेस्ट कर देते हैं तो यूके गोल्डन वीजा भी मिल जाता है इसके अलावा यू में ह्यूमन राइट के स्ट्रॉन्ग लोज है जिसकी वजह ऐसी ये क्रिमिनल्स काफी प्रोटेक्टेड रहते हैं इन और क्रिमिनल्स के आने ऐसी यूके की बैंक में काफी बड़ा पैसा आता है और यूके का वर्ल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग को काफी हद तक फैसिलिटी करता है